सबके सब बंदे छुप के बैठे और अब आप उनकी बारी आ चुकी हैं इनको मारने को देखो सबके सब, सब छपरे के जा सब छपर के ऊपर जाके बैठे आराम रोको सबको मारेगा आप उन तेन पे मतलब के मारेगा मतलब ढूंढ ढूंढ के पहले यार सबको चलो इसका काम पूरा खत्म कर दिया और एक नो यहाँ पर है यहाँ पर है और एक लड़की देखो छुप रही है छुप रही है छुप गई आखिरकार छुप गई कोई बात नहीं आप तो बचपन से छुपा छुपाई खेलते आ रहे तो आप उनसे कोई नहीं बच पाएगा ये हेड लड़का टीके होगा इसका काट भी हो चुका है आपके लेक्चर subscribe